एबीचा नरेश चौहान का जी है वो ना नाम ठीक है ये ऐसी छटकाले दिख रहा है हओ यार छटकाले अब आनी दा अच्छा रे पकड़ लो पकड़ लो घोड़ा पकड़ ही थोड़ा पहले ए हट रे मोड़ा मोड़ी चाचा रे पकड़ लो पकड़ लो रियल रियल खनारिया पीछे पीछे और पीछे में पीछे ध्यान रोड की से नहीं ना करने जा अरे अरे हम बैग भी कर लेते हैं बैग रे बैग रे बैग रे बैग रे विजयन साहब विजय साहब बोलता रहने दे आता है इधर और बैग रे बजाओ बैग रे बजाओ एक और पीछे बैग रे पीछे बजाओ पीछे बजाओ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 बेगरे लगे तो अच्छा लगे हैं। अरे वो तो काला कमारा है। बोल बोल कमारा कमारा। शर्मनीभावना लग जाए। लग जाओ। चलो चलो चलो। लग जाओ। लग जाओ। तो इंसान क्या होता है? लग अच्छा पापा ले घंशु तो